हाय गाइज़ मैं अजय कम्बोज और यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को इंडिया में बेचना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हो हमने काफ़ी बात की है कि आप कैसे आयुर्वेदिक मैनुफैक्चरिंग कंपनी शुरू कर सकते हो कैसे मार्केटिंग कंपनी शुरू कर सकते हो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो कैसे आप रिटेल कर सकते हो लेकिन अब बात आती है कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेचना चाहते हो तो उनको किस किस वैसे बेच सकते हो सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है चाहे उसमें फिर हम इंक्लूड कर लेते हैं पूरी आयुष की बात कर लेते हैं लेकिन अमोपैथी मेडिसिन को साइड में रख लेते हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है यूनानी मेडिसिन होती है जो सीधा मेडिसिन होती है जब उनको बनाने की बात आती है तो वो रेगुलेट होती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेक्शन जो रेगोलेट जो उन एक्ट लागू होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन पे, यूनानी पे सीधा पे वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ही लागू होता है उसी के अंदर डिस्क्राइब किया गया होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन को तो जो उसकी मोनोफैक्चरिंग लेकिन उसके अंदर हैं वो केवल उसकी मेनोफैक्चरिंग से रिलेटेड है उसकी मोनोफैक्चरिंग ही रेगुलेट होती है तो हमें जब भी हम आयुर्वेदिक यूनानी या सीधा मेडिसिन को मोनोफैक्चरिंग करने जाते हैं तो उसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है सेल की बात आती है मार्केटिंग की बात आती है रिटेल की बात आती है तो उनके लिए हमें आयुर्वेदिक यूनानी सीधा मेडिसिन में किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती केवल हम मोनोफैक्चरिंग में जब जाएँगे वहाँ पर हमें लाइसेंस की जरूरत होगी तो पॉइंट पर बात आते हैं कि अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेचना चाहते हैं तो हमें किस किस तरह हम उनको बेच सकते हैं बेसिकली दो तरह से हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेच सकते हैं जब हम यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं तो वर् उसमें जो यूनानी मेडिसिन है सिद्धा मेडिसिन है दोनों ही कवर हो जाती है तो जब भी हम यूनानी मेडिसिन की बात जब भी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करेंगे तो यूनानी और सिद्धा मेडिसिन उसमें इंक्लूड ही हम ले चलेंगे तो दो तरीके से आप बेच सकते हो या तो आप उसको ऑनलाइन वे से बेच सकते हो या ऑफलाइन वेज से बेच सकते हो पहले बात करते हैं हम ऑनलाइन बेचने की कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आप कैसे बेच सकते हो ऑनलाइन अगर आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो आपको एक जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ती है और दूसरी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है ऑफलाइन मार्केटिंग की अगर बात करते हैं हम ऑफलाइन मार्केटिंग में अगर आपके पास जी नंबर नहीं है क्योंकि वो टर्न से रिलेटेड होता है अगर आपको फोर्टी लैक् से अबो का टर्न है तो जी नंबर कंपलसरी होता है लेकिन अगर आपका कम भी है तो आप बिना जीएसटी नंबर के भी कर सकते हो लेकिन जब ऑनलाइन सेलिंग की बात आती है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि जीएसटी नंबर जब भी आप बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे तो अगर आप ये इंटरेस्टेड सेल कर रहे हो या ऑनलाइन सेल कर रहे हो कंपल्सरी हो जाता है हर कंडीशन में तो अगर आप चाहे ऑनलाइन जब भी बेचने जाएंगे तो आपको जी नंबर लेना बहुत जरूरी हो जाता है उसके लिए तो ऑनलाइन भी दो तरीके होते हैं या तो आप एग्जिटिंग जो बी टू सी पोर्टल्स होते हैं उनके थ्रू बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट जैसे अमेजन वगैरह हो गया कार्ड वगैरह हो गया हेल्थ कार्ड वगैरह बहुत सारी वेबसाइट्स है वन एम हो गया या जितनी भी ऑनलाइन फार्मेसीज वगैरह है वो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अपने पोर्टल के थ्रू बेचती है तो किसी उनके थ्रू बेच सकते हो दूसरा जो वे होता है कि वो आप अपनी खुद की वेबसाइट या ऐप को डेवलप कर सकते हो तो उसके थ्रू बेच सकते हो अगर आप दूसरों के दूसरे पोर्टल्स के थ्रू बेच रहे हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जो ऑनलाइन जब आप सेलिंग करने जाते हैं तो आपको बेसिक ऐसी और नॉलेज होना जरूरी है चाहे आप अपनी वेबसाइट या ऐप के थ्रू बेच रहे हो क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको कोडिंग की नॉलेज हो क्योंकि वेबसाइट या ऐप आप आपको कोई भी डेवलपर बना के दे देगा लेकिन जब आप उसको बेचने जाएंगे अपनी वेबसाइट के थ्रू या अपनी वेब के थ्रू उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी दूसरी जो एग्जिस्टिंग पोर्टल्स होते हैं उन पर एक्चुअली पहले ही काफ़ी ट्रैफिक होता है काफ़ी कस्टमर बेस होता है उनका तो उनके थ्रू बेचना थोड़ा स्टार्टिंग में ईजी रह जाता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको जो सबसे मेन चीज़ है सबसे मेन जो चीज़ है वो ये ही है कि आपको थोड़ा सा एस सी ओ की नॉलेज होना जरूरी है थोड़ा सा आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है क्योंकि जब आप दूसरी वेबसाइटों के थ्रू भी बेचोगे तो आपकी जो विजुअलिटी है उसको इनक्रीज़ करना आपको आना चाहिए जब अपनी ऐप आप और वेबसाइट के या ऐप के वेबसाइट के थ्रू आप बेचोगे तो आप उसको कैसे सर्च इंजन पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक उसको बेच सकते हो या कैसे आप पेड रूप से उसको प्रमोट कर सकते हो डिफ़रेंट डिफरेंट वे जाए आप उसको को सर्च इंजन्स पे उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में आप उसको सोशल नेटवर्क्स के थ्रू कैसे आप उनके कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग भी कहीं तरीके होते हैं जैसे उनमें जो मेन मेन होता है वो ब्लॉगिंग होता है कंटेंट मार्केटिंग होता है सोशल चैनल्स का उपयोग आप कितनी अच्छी तरह कर सकते हो उनके फ्री टूल्स का उपयोग करके उनके पेड प्रमोशंस का उपयोग करके फेसबुक का पेज हो गया ग्रुप हो गया यूट्यूब का चैनल हो गया लिंकड हो गया इंस्टाग्राम हो गया तो काफ़ी उन सब की आपको बेसिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो तरह एक तो ऑनलाइन वेज के बारे में हमने डिस्कस किया अगर ऑफलाइन आप बेचना चाहते हैं ट्रेडिशनल तरीक़ों से आप बेचना चाहते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी वेज है अब अगर आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो आप प्रिस्क्रिप्शन मार्केटिंग कर सकते हो आप खुदरा जो अपने क्या के कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का जो फार्मेसीज वग़ैरह है या जो दूसरे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी जो फ्रेंचाइजीज़ वग़ैरह होती है वो जो मल्टी ब्रांड शोरूम आज तो काफ़ी फ्रेंचाइजी अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं अच्छे अच्छे मॉल्स वगैरह है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के तो उन पे आपने प्रोडक्ट को प्रचार कर सकते हो आप आयुर्वेदिक फ्रेंचाइजी दे सकते हो उसके थ्रू आप डोर टू डोर मार्केटिंग में जा सकते हो आप डायरेक्ट सेलिंग एमएलएन कंपनीज का कॉन्सेप्ट उनके पास भी ज़्यादातर प्रोडक्ट आजकल कल आयुर्वैदिक ही होते हैं तो उस वे से आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो आप टेली मार्किटिंग कर सकते हो आप अपने फ़ोन के थ्रू बेच सकते हो आप इसके अलावा जो योगा क्लासेज वगैरह होती है जो पार्क वगैरह होते हैं जहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ पर अपना काउंटर लगा हैं आजकल ये भी कांसेप्ट काफ़ी फेमस हो रहा है वहाँ पे अब पाग बाहर आपको काफ़ी काउंटर मिल जाएगा को डिफरेंट डिफरेंट तरह के जूसेज बना के देंगे वीट ग्रास जूस आपको देते हैं आंवला जूस देते हैं या फिर एलोवेरा जूस ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है उसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोल के भी आप किसी अच्छी जगह प्राइम लोकेशन पर अगर आप फार्मा का नहीं खोलना चाहते केवल स्पेशली आप एक अच्छा काउंटर आयुर्वेदिक का खोल सकते हो और वहाँ से भी अपने प्रोडक्ट को या दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट को भी आप सेल कर सकते हो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स